हेलो एंड गाइज वेलकम बैक टू अरे वीडियो सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली तो गाइज़ वीडियो को जल्दी से जा एक लाइक कर दो और एक चैनल को कर देना सब्सक्राइब सो so गाइज मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ गाइज़ क्या है आज की इस वीडियो के अंदर गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास क्योंकि गाइज आपको आज यहाँ पे एक नहीं दो नहीं आठ पे आठ के गाइज जाने कितने सारे रीडियो कोड आप ले सकते हो तो गाइज उसके लिए आपको कुछ नहीं करना गाइज़ बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइज फटाफट से एक लाइक मार दो ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकें तो गाइज चलिए तो हम आपको बताते हैं गाइज कैसे कैसे आप ले सकते हैं यहाँ से लाइक्स और कैसे मतलब सॉरी गाइज मैं लाइक्स का बोलूंगा बट आप गाइज लाइक कर देना तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से आप कैसे ले सकते हो यहाँ से रेडम कोड वो भी आठ सौ का टी गेमर सर्च मारना है गाइज आपको ये गाइज आके ऊपर ही और यहाँ पे आपको गैजेस इसके अंदर जाना है गैज जहाँ पे देखिए आपको फ्री रीडिंग फ्री एट थाउजेंड एट हंड्रेड रीडिंग कोड आपको दिखाई दे रहा होगा गायज इस पे फटाफट से एक क्लिक कर देना है और गैज यहाँ पे आपको फटाफट से नीचे आना है पहले गायज इस वेबसाइट को पूरी ओप तो, पूरी तरीके से स्क्रॉल डाउन हो जाना है फिर ऊपर की साइड आना है शहरों की तरफ से और गैज यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहे होंगे बट गाइज़ आपको अभी इन फ्री फायर रिवॉर्ड टूडे के ऊपर नहीं जाना अभी आपको जाना है गाइज अपने प्रूफ के ऊपर तो गाइज फटाफट से इसके अंदर आ जाते हैं रीडिंग कोर्ड्स के अंदर तो गाइज यहाँ पे रीडिंग कोर्ड्स आते रहते हैं गाइज ये 800 800 रुपए के रीडिंग कोर्ड्स होते हैं मतलब गाइज आप अगर एक दिन में अगर एक भी लोग हैं ना तो आपके पास 800 800 के गाइज आप एक मेम्बरशिप ख़रीद सकते हैं मेम्बरशिप में आपको पता ही फ्री फायर का आ रहा है अभी बहुत ही अच्छा जो अपडेट है वो गैज आपके निकल के आया तो गैस फटाफट से आप यहाँ से रिडीम कर सकते हो गैज गैज आप गैज जल्दी जल्दी करना रिडीम क्योंकि गैज बहुत ही जल्दी जल्दी बंदे रिडीम करते हैं थैंक यू